प्रसिद्ध कथा वाचिका किशोरी की हरदा में होने वाली श्रीमद भागवत कथा की तैयारी जो शोर से चल रही है कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने सपरिवार विधि विधान के साथ कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया सात से तेरह दिसंबर तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने सपरिवार विधि विधान मंत्रोच्चार के बीच मर्मदा की पूजा करते हुए कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन किया वही दूसरी ओर मंत्री पटेल ने अपने संदेश में कहा की कथा 7 सितंबर से 13 दिसंबर दो हजार बाईस तक चलेगी कथा का जया किशोरी भागवत कथा का पार्ट करेंगी। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि धार्मिक आयोजन को ऐतिहासिक बनाना है। 13 दिसंबर को जिस दिन कथा का समापन है उसी दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़ी संख्या में कन्याओं का विवाह धर्म संसद में किया जाएगा आज का दिन हर के लिए हम सब लिए खुशी का सौभाग्यशाली दिन है की आज हमने विश्वविख्यात कथावाचक मां सरस्वती की पुत्री जय किशोरी जी की कथा स्थल का भूमि पूजन किया सात दिसंबर से तेरह दिसंबर तक सवा बारह बजे से चार बजे तक हरदा में सरस्वती शिशु मंदिर के पास इंदौर रोड पर यह कथा होगी उसके बाद हमने सभी गणेश जी दुर्गा जी कृष्ण भगवान और नर्मदा जी के पूजा अर्चना करके हमको निमंत्रण दिया और फिर उसके बाद हरदा नगर और जिले के कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हमने सबने मिलकर इस आयोजन में जो भव्य होगा उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी वितरित बांटी गई और सब मिलकर एक संकल्प लिया है कि जयकिशोर जी की, की मुखारबिन से जो कथा होगी भागवत कथा वो ऐतिहासिक होगी हजारों की संख्या में माताएं बहने युवा बुजुर्ग आएंगे उनकी हम सब व्यवस्था करेंगे और 13 दिसंबर को जब ये श्रीमद भागवत कथा पूर्ण होगी उसी दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह का भी आयोजन किया गया है जो ऐतिहासिक होगा जिसमें सैकड़ों कन्याओं का हम विवाह करेंगे मैं सभी से प्रार्थना करता हूं इस धार्मिक और पुण्य कार्य में आप सब आमंत्रित हैं हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचाएं, रचाए करके और एक धार्मिक आयोजन करके पुण्य लाभ अर्जित करके अपने हृदय को आनंदित करें ताकि हम सब स्वस्थ रहे सुखी रहे खुशहाल रहे और हमारा जिला हमारा प्रदेश हमारा देश समृद्धशाली हो शक्तिशाली हो और भारत माता भी सुखगुरु के स्थान पर पहुँचे इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आप सब इस कार्यक्रम में आमंत्रित वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है